बने के यार सब कोई जो बिगड़े तो न मिले बहनोई बने के यार सब कोई जो बिगड़े तो ना मिले बहनोई राम लखन सीता पहुँचे जुबान में राम लखन सीता पहुंचे मटके बन में हुई मटके में।, में नाव जो चढ़ा मु चरण धोई तो बिगड़ तो नीले बहन होने के यार सब कोई सनी बूटी समय पर न आती सनी बूटी समय पर न नती भाई लखन की मूर्छन जाती भाई लखन की मुरछन जाती अब ना हनुमान कोई हो गड़ तो नील बहनों बने के सार सब कोई तो ना मिल बहनोई, बने के सार सब कोई बिगड़ तो ना बहन बहनोई। रामन नाम रामन जो कई राम होते राम मरता जो कई राम होते भाई भीषण दो ना होते भाई भी भी भी जो दो ना होते भाई के दुश्मन भाई होई जो बिगड़ ना नील बहनोई बने तो के सारे सौ तो बिगड़ सोना बहन हो बने के सार सब कोई एक बिगड़े सोना तो मिल बहन हो बने के सार सारे कोई एक बिगड़े सोना तो मिले बहन हो